दोबारा बता देता हूँ कि मेरे पास एक लोकेशन है F1 और मैं F1 में कोई डेटा शो करना चाहता हूँ लेकिन क्वेश्चन ये है करूँ मैं टाइप ए वन में करूँ जैसे A1 में मैंने मान लीजिए मैं अपना ही नाम सुजीत लिखा वो मेरा A1 पे शो नहीं होना चाहिए वो मेरा F1 पे शो होना चाहिए बट एफ वन में किसी तरह की टाइपिंग नहीं करनी है एफ में कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए बट वैल्यू प्रोजेक्ट वहीं पर होनी चाहिए तो इसके लिए हम इंडेन इस्तेमाल करते हैं आप इस पर क्लिक करें और यहाँ आपको दिख रहा है इंक्रीज इंडेन इंडेन आगे और पीछे करने का दो ऑप्शन दिया गया है कहाँ पे अब इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करते करते चले जाइए करते चले जाइए करते चले जाइए करते चले जाइए कब तक जब तक कि आपका टैक्स आपके पोजिशन पर पहुँच नहीं जाता अब इसकी कलर वाइट जो भी कलर वगैरह फॉर्मेटिंग करनी है फॉन्ट फॉर्मेटिंग करनी है हम यहाँ करेंगे इसकी व्हाइट कलर कर दी इसकी साइज इंक्रीज कर दी यहाँ अब इससे क्या हुआ कि सामने वाला पर्सन को समझ में आएगा कि वैल्यू यहाँ कर रहा है यहां पे कुछ भी करने की कोशिश करेगा कुछ नहीं होगा क्योंकि है ही है? यहां है। राइट जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया नेम तो नेम दिख रहा है जैसे नेम डिलीट करेगा तो जीता जाएगा ये तो चीजें हम इन नेम के माध्यम से कर सकते है एक्सेल के अंदर